छोरी तेज़ अरमन छोरा गणा सीधा था छोरी तेज़ अरमन छोरा और मना मोहब्बत भी कुछ इस कदर थी उस मना मोहब्बत भी कुछ इस कदर थी उस तय के मेरा दिल बस उसी ने देख कर जीता था मेरा दिल बस उसी ने देख